सिंगरौली में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई इस प्रभात फेरी में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे स्थापना दिवस के कार्यक्रम एक नवंबर से सात नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के नेतृत्व में राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं प्रभात फेरी में शामिल हुए आपको बता दें की मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम एक नवम्बर ऐसी सात नवम्बर तक आयोजित होंगे जिसमे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ खेल के भी विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न होंगे